हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि YouTube पर एक लाख सब्सक्राइबर होने के बाद हमें YouTube के द्वारा सिल्वर प्ले बटन दिया जाता है तो वो जो सिल्वर प्ले बटन होता है उस सिल्वर प्ले बटन में आपके चैनल का नाम लिखा होता है तो बहुत से लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि क्या हम सिल्वर प्ले बटन जो होता है उसमें किसी और का नाम लिखवा सकते हैं तो बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि क्या हम यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन में अपने पापा का नाम लिखवा सकते हैं या फिर किसी और का जिसका आप लिखवाना चाहें तो इस सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ तो जब आप यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होता है तो जब आप YouTube सिल्वर प्ले बटन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है अगर आप चाहें तो अपने सिल्वर प्ले बटन में किसी और का नाम लिखवा सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा कि जब आप YouTube सिल्वर प्ले बटन का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करते टाइम आपको उस नाम को बताना होगा जो आप लिखवाना चाहते हैं उसके बाद जब आपका सिल्वर प्ले बटन आपके पास आएगा तो उसमें वो नाम लिखा होगा जो आपने लिखवाया है तो बहुत से लोगों ने इसके बारे में पूछा था इसलिए मैंने वीडियो बनाकर बता दिया है तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने सिल्वर प्ले बटन पर किसी का भी नाम लिखवा सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका यूट्यूब से रिलेटेड कोई और भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते है और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं धन्यवाद थैंक यू सो मच